हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज संडे है तो मैंने सोचा चलो आप सबको एक लिए आप सबके लिए एक वीडियो बना दूं मैं अपनी ही कि भाई वो मेरा रिजल्ट आ चुका है मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है किसी का भी नहीं आया है बी ए सेकेंड ईयर में मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मैं भाई पास हूँ और मैं कितने मार्क्स लाया हूँ बताऊँगा ज़रूर कितने आए हैं रिज़ल्ट में मैं बहुत खुश भी हूँ भाई बहुत ज़्यादा और आ, मज़े भी आए भाई रिजल्ट आया तो बहुत दिन बाद आया है सब का रिज़ल्ट निकाल दिया है पहले फिर मेरा निकाला भाई मेरा क्या सबका निकाला बाद में लास्ट में बी सेकंड सकेंड ईयर का तो चलिए पहले मैं नहा दो लूँ अभी मैं सो के उठाऊँ तो क्योंकि आज संडे था तो मैं ज़्यादा देर तक सोया तो फ्रेंड आ गया हूँ भाई मैं ना सो के तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मैं भाई मेरा रिजल्ट आ चुका है तो इसी बात पे बजाओ एक और बार तुम्हारा भाई भाई साहब बहुत खुश है कि भाई रिजल्ट तो आया कम से कम महीने भर भर वेट करा महीने तब जाके भाई रिजल्ट आया है और सा मास्क नहीं आया यार मेरे ये दिक्कत लेकिन हाँ पास हो गया बहुत बड़ी बात है <laughs> क्योंकि भाई मेरे पास ना ही देखो ना ही किताबें थी ना ही मेरे पास मॉडल थे सही क्योंकि तो मैं लाया था थ्योरी के मॉडल लेकिन लास्ट में भाई सरकार हमारी बीजेपी ने कह दिया कि ओएमआर होंगे ओएमआर एम कोई देखो सही बताऊँ तो कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आए थे बहुत सिंपल सिंपल पेपर आए थे लेकिन हाँ मेरे पास वो मॉडल नहीं थे मैं लेने गया था मार्केट में मॉडल वगैरह लेने के लिए लेकिन हाँ वो मुझे मिले नहीं सब ख़त्म हो गए मॉडल लेकिन हाँ पेपर मेरे सही गए थे अच्छे गए थे मेरे भाई 600 में से 328 सौ मास्क आए मास्क नहीं वो मैं मास्क लगाता हूँ ना इसलिए ज़्यादातर मास्क मास्क नहीं डल रहा है मास्क नहीं मास्क आए मेरे नंबर तो तो मेरी समथिंग परसेंटेज बनती है पचपन परसेंट बनती है जहाँ तक है पचपन ही बनेगी छः सौ में से तीन सौ अट्ठाईस नंबर आएंगे तो और आप देख लेना कैलकुलेट करके देख लेना भाई कितनी आई हो कमेंट में जरूर बताना कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी है जरूर बताइएगा भूलना मत ठीक है